शेख चिल्ली तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते हम आँखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही न आए ने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है तुम हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते हम तुम नहीं आप नहीं